हेलो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में और दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी वीडियोस में खिचड़ी नहीं पकाता हूं और दूसरी बात है कि मैं हालांकि अनबॉक्सिंग का काम नहीं है मेरा मैं अनबॉक्सिंग करता भी नहीं हूं जनरली बट कभी भी कोई नया प्रोडक्ट हम मुझे मंगाना होता है तो मन कर ही आता है कि चलो एक अनबॉक्सिंग हो ही जाए आप लोगों के लिए तो चलिए मैं आज की एक अनबॉक्सिंग दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट है तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला आप डायरेक्ट इसको देख लीजिए और ये वन प्लस का ईयरफोन है जो कि मैंने अपने लिए मंगाया है मेरे एक फ्रेंड को चाहिए था उसने मुझे को बोला तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया हूँ मैं ये और इसकी कुछ खास जानकारियाँ मैं आपको दूँगा क्योंकि फालतू पकाने के लिए तो बहुत सारे चैनल पड़े हुए हैं वहाँ पे आप जाके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और एक एक करके मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ तो ऑलरेडी ये मुझे बहुत पहले से ही मेरा फेवरेट रहा है तो मैंने इसको परचेज़ किया अपने फ्रेंड को सजेस्ट किया कि उसे ये लेना चाहिए तो उसने मेरे कहने के हिसाब से ये मंगाया है तो चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो पहले मैं दिखा देता हूँ देखिए दोस्तों इस तरीके से है ये पैकिंग इसकी और काफ़ी शानदार काफ़ी प्रीमियम तरीके की पैकिंग है ये प्लास्टिक का काफ़ी मतलब मज़बूत सा लग रहा है देखने में तो वो मैं इसको पकड़ के खींच रहा था कि शायद बॉक्स बाहर निकलेगा बट निकल नहीं रहा तो मुझे लग रहा है कि मुझे इसको छोड़ के बॉक्स को ऐसे पकड़ के खींचना पड़ेगा और तब कहीं जा बाहर निकलेगा निकल जा तो निकल नहीं रहा यार ये तो क्या हो गया इसमें अच्छा काफ़ी हार्ड चलिए बॉक्स खाली कर दिया हमने और मैं दिखा देता हूँ वाओ काफ़ी शानदार है ये देखने में तो चलिए पहले मैं इसको उठा के दिखा देता हूँ आपको हम्म ये है हमारा वन प्लस का ठीक है कैमरे को मैं थोड़ा सा इस तरीके से सेटअप बना लेता हूँ इसका जो कि थोड़ा बहुत आपको देखने में आ जाए तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले ओ व ये तो पूरा सिस्टम इसका पूरा सेटअप ही और ये काफ़ी हार्ड प्लास्टिक की ट्रे है इसकी जिसमें इसको ये पूरा फिट करके इन लोगों ने दिया हुआ है और काफ़ी शाइनी और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा है ये मेरे को देखने में और जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था और मेरे अंदर एक एक्साइटेडमेंट था कि मैं इसको मंगाऊँ और इसकी टेस्टिंग करूँ तो हाइनअली वो वक्त आ चुका है पहले देख लेते नज़र मार के कि इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या है देखिए बॉक्स इस तरीके से है तो इसके अंदर एक और बॉक्स है तो पहले देखते हैं वाह चार्ज फॉर टेन मिनट्स एंजॉय फॉर टेन हावर्स तो यानी इस पे इन लोगों ने ये क्लेम किया हुआ है कि आप इसको दस मिनट चार्ज करके दस घंटे तक इसका बैकअप ले सकते हैं तो चलिए इस बॉक्स को खोल के देखते हैं ओह शिट, इधर से खुलेगा ये वेरी गुड देख लेते हैं कीमत क्या क्या है वाह चलिए ये बॉक्स भी खाली कर दिया हूँ मैं इसको भी मैं साइड में रखता हूँ और देखिए दोस्तों रेड केबल क्लब करके इन्होंने एक ये कार्ड दिया है जिस पे एक क्यूआर कोड है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसको भी साइड में रखता हूँ और ये इनकी यूज़र मैनुअल है और देखिए आई थिंक मैं जा बहुत ज़्यादा यूज़र मैनुअल को पढ़ता नहीं हूँ तो क्योंकि डायरेक्टली मेरी समझ में जो आता है मैं वो बता देता हूँ और चलिए इसको भी मैं सैड करता हूँ और देखिए ये इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा रबर्स दी गई हैं जो कि काफ़ी फिसल रही हैं पकड़ने में तो लगता है कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं ये और चलिए फाइनली मैं इसको साइड कर देता हूँ और इसके साथ ही इस बॉक्स के अंदर हमें एक मिलती है चार्जिंग केबल जो कि के काफ़ी अमेजिंग और प्रीमियम क्वालिटी की है देखिए और इस पर जिधर टाइप सी का पोर्ट है इधर साइड पे इन्होंने वनप्लस की ब्रांडिंग दी है अदरवाइज और कहीं कुछ नहीं है ओरिजिनल केबल इसी तरीके की होती है चलिए इसको भी मैं साइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए और फाइनली हम पहुँचते हैं अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ तो चलिए देखिए इसमें क्या है इसको हम यहाँ ऊपर से पकड़ के निकालते हैं बाहर थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा टाइट है थोड़ा प्यार से निकालने की कोशिश करता हूँ मैं इसको क्योंकि एकदम से नया है तो बहुत सा लग रहा है मेरे को कि इससे कुछ स्क्रैच वगैरह ना आ जाए वाह वो क्या बात है अच्छा इन्होंने इसकी पैकिंग में इस तरीके की ग्रिप बनाई है कि ये जो है इसमें एकदम से पकड़ बनी रहती है इसकी तो चलिए ये भी बाहर आ चुका है हमारा और जल्दी से मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ वाह खाली इसको हम साइड में रख देते हैं क्योंकि फ़िलहाल मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है और फाइनली मुझे ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ इस वाले प्रोडक्ट की तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का है ये और वाह अरे ये तो आप काफ़ी ठीक सा लग रहा है और देखिए मैं बता देता हूँ इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक चार्जिंग का टाइप सी का पोर्ट दिया है और इसके अलावा ऊपर इसके तीन बटन दिए गए हैं जो कि एक बीच वाला जो है वो कॉल को पिक करने के लिए और डिस्कनेक्ट करने के लिए है। और अप एंड डाउन में वॉलीम अप एंड डाउन का बटन दिया गया है और इसके राइट साइड पर कुछ नहीं है केवल वन प्लस की ब्रांडिंग है देख सकते हैं आप और इसके अलावा इसके स्पीकर्स काफ़ी बेटर क्वालिटी के हैं और लेकिन ज़रा सा रखते ही ये थोड़ा सा गंदा सा होने लगे पता नहीं क्यों ऐसा पर इसकी एक ख़ास क्वालिटी है कि इसको वापस से रिलीज़ करने के लिए आपको इसको अलग करना पड़ेगा ऑन करने के लिए और चलिए मैं इसको कनेक्ट करके यूज़ करने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है फ़िटिंग तो इसकी काफ़ी अमेजिंग है काफ़ी ज़बरदस्त सॉलिड फिटिंग है इसकी और चलिए मैं अपना एक सेकंड फ़ोन है इससे मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जेट और ठीक है ये कनेक्ट हो चुका है और चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा आ, कुछ एक दो सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ फिर इसके बाद बताता हूँ कि ये इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है हाँ बाई डिफ़ॉल्ट मतलब मेरे मोबाइल का वॉलीम फुल था जिसकी वजह से मैंने चेक नहीं किया और डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद मैं इसकी म्यूज़िक को मैंने जैसे ही प्ले किया तो मैं देख रहा हूँ एकदम से इतनी लाउड आवाज़ है कि मेरे कान एकदम से झन्ना गए हैं तो यार साउंड क्वालिटी के मामले में ज़बरदस्त है ये चीज़ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है पर लेकिन वाकई साउंड क्वालिटी बहुत अमेजिंग है और खिए बहुत साउंड तेज है देखिए आप थोड़ा सा सुन पा रहे होंगे मैं आपको सुना देता हूं और देखिए इसकी जो मेन ख़ासियत है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इन दोनों ड्राइवर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो म्यूज़िक स्टॉप हो जाता है यानी ब्लूटूथ आपके मोबाइल से डिसकनेक्ट हो जाता है और ब्लूटूथ ऑफ हो जाता है आपका ईयरफोन तो चेक कर लेते हैं इसको भी वाह हालांकि इस मोबाइल में एक नॉर्मल से प्लेयर में मैं जो है इसके गाने को प्ले कर रहा हूँ और साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है अमेजिंग साउंड क्वालिटी है दोस्तों और मेरी तरफ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और एक अच्छे ईयरफोन की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो नो no डाउट इसमें बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है बहुत ही शानदार इसकी रियल साउंड आती है बेस पे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने ध्यान दिया है बहुत अच्छा सेटअप बनाया है इसका काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा है इसको यूज़ करने के बाद में तो चलिए दोस्तों फाइनली मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं आप भी इसको ख़रीद सकते हैं दोस्तों और अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन प्राइज़ है दोस्तों वो वन की है बट आ, मेरे पास में कुछ पॉइंट्स पड़े हुए थे जिसके साथ में मैंने इसको परचेज़ किया है तो ये मुझे वन एट डबल नाइन पर मेरे को ये मिल गया दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है या ज़रा सा भी आपको एक परसेंट लगता है कि हमारी वीडियोस अगर एक लाइक के बराबर हमने काम किया है उसमें तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है और तो ठीक है दोस्तों थैंक यू सो मच जय हिंद वंदे मातर